वही है कि अपने पास पहले गन आ जाती है तो तबाही कर देगा गन मिलना बहुत ज्यादा अरे यार इसके भी सोलह वर्षोट गल रहा था सही मराब और भी बंदेप कितने सारे यार इतने सारे बंदे इधर उधर गया भाई तुम लोग चलो एक है, कार नाइन एट के झेड है यहाँ पे लगाया हमने माइ इन बट उसका कोई अब तक फायदा नहीं हुआ हुआ फायदा हुआ अपनी माइंड से एक बंदा गया ये भाई नहीं नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये चिमकांडी ऐसा करेगा क्या बुक्का मारेगा क्या हुश्यारी करता है देखो इसको लगा था कि अपन को बुक्के से मार देगा बट अपन ने बोला रुको जरा सबर करो अभी ना फटाफट से एक मेडिकेट मार लेते क्योंकि बंदे आसपास बहुत सारे है